हाय मैं डॉक्टर नगेंद्र थानोर सीकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आज अपन बात करेंगे डेंगू के बारे में तो डेंगू क्या है कैसे फैलता है इसके लक्षण क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है कैसे इसे बचाव कर सकते हैं और हार्ट पे इसका क्या असर होता है तो ये सब अपन डिटेल में जानेंगे तो डेंगू क्या है डेंगू एक वायरस है और ये वायरस डेंगू के चार टाइप होते हैं इसके डेंगू वन डेंगू टू डेंगू थ्री डेंगू फोर और ये वायरस के कारण अपने को डेंगू फीवर होता है और एक वायरस के कारण जैसे एक बार अपने को फीवर हो गया तो उसके बाद में अपने अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है तो यदि नेक्स्ट टाइम अपने को डेंगू से बीमारी होएगी तो वो दूसरा टाइप का वायरस रहेगा डेंगू टू थ्री फोर में से रहेगा और जितनी बार ये अपने को डेंगू फीवर रहेगा उतना ही हर बार पहले की बजाय ज्यादा सीरियस रहेगा तो अब दूसरी बात डेंगू फैलता कैसे तो डेंगू एक मॉस्किटो है उसके कारण फैलता है जिसका नाम है एडीज एजिपटाई ये मॉस्किटो क्या है? जो किसी भी डेंगू वाले पेशेंट को काटता है तो उसके वो पेशेंट में जो डेंगू वायरस है वो मॉस्किटो के अंदर चला जाता है और जब वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो वायरस उसमें इंजेक्ट कर देगा तो इस प्रकार ये एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है दूसरा यह है कि ये जो प्रेग्नेंट मदर है उसके थ्रू भी उसके बच्चे में भी जा सकता है तो प्रेग्नेंसी में अपने को ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई डेंगू वगैरह नए हो क्योंकि बच्चे को भी नुकसान हो सकता है तीसरी बात ये है कि ये इसमें डंडिक बात नहीं है क्योंकि ये मेंटो में नहीं फैलता है यदि आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के पास में बैठते हो तो ये जैसे छींकने से खाँसने से ऐसे नहीं फैलेगा तो ये मैन टू नहीं फैलता है उसके बाद में अपन बात करें तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं तो डेंगू जैसे आज अपने मच्छर को काट लिया है तो मच्छर के काटने के तीन से लेकर पाँच दिन के, के बाद अपने को इसके सिम्टम चालू होते हैं और सबसे पहले अपने को फीवर आएगा फ्यवर एकदम बहुत तेज आएगा ठंड लगेगी एक से चार डिग्री फारे तक फ्यवर पहुँच जाता है उसके साथ साथ अपने को हेड रहेगा आँखों के पीछे की तरफ पूरा पेन रहेगा अपने पूरे जॉइंट्स हैं अपने बोन है मसल है सब जगह अपने को पेन रहेगा और इसके साथ साथ अपने को एकदम से उल्टी होना जी घबराना या दस लगना पेट में दर्द होना ये सब सिम्टम इसके रहते हैं तो डेंगू अपने को तीन तरह से अफेक्ट करता है एक सिंपल जैसे डेंगू फीवर हो गया जिसमें सिंपल सिम्टम आएंगे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इजिली वो रिकवरी हो जाता है दूसरा टाइप का होता है डेंगू हेमलेजिक फीवर जिसमें इन सिम्टम के साथ साथ पेशेंट को ब्लीडिंग भी होने लग जाती है जैसे गम ब्लीडिंग हो गया या नाक से ब्लड आ रहा है उल्टी के साथ ब्लड आ रहा है पेशा में खून आ रहा है तो उसको अपन डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं तीसरा टाइप का होता है डेंगू शोक सिंड्रोम जिसमें ये सारे सिम्टम के साथ साथ पेशेंट का शोक में चला जाता है यानी उसका बीपी एकदम से ड्रॉप हो जाएगा उसकी पल्स बहुत ही वीक हो जाएगी फीबल हो जाएगी उसके शरीर पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा तो उस कंडीशन को अपन डेंगू शोक सिंड्रोम बोलते हैं तो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शोक सिंड्रोम ये दोनों कंडीशन ही सीरियस रहती हैं इसको अपन जितना जल्दी पहचान लें और मैनेज कर उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा रहता है अब अपन ये है कि इसको डायग्नोस कैसे करें कि डेंगू ही है इसके लिए अपन ब्लड टेस्ट करते हैं तो शुरू के पाँच दिन तक अपन डेंगू एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं एन एं एंटीजन टेस्ट होता है जो इनिशियल स्टेज में पॉजिटिव आ जाता है यदि अपन पांच दिन के बाद करना चाहें तो अपन डेंगू एंटीबॉडी होती है जिसमें IgM और IgG पॉजिटिव आती हैं तो मतलब डेंगू हो गया IgM है जो एक्यूट कंडीशन को बताए कि मतलब अभी अपने को डेंगू हो रखा है IgG है वो पास्ट इन्फेक्शन को बताएगी कि पहले कभी डेंगू हो हुआ है। इसके अलावा अपन CBC कर सकते हैं जिसमें अपन प्लेटलेट दे सकते हैं कि डेंगू के पेशेंट की प्लेटलेट कम होने लग जाती हैं टीएलसी उसकी कम होने लग जाती हैं तो इस तरह अपन उसको डेंगू का डायग्नोज कर सकते हैं अब डायग्नोज करने के बाद अपन ट्रीटमेंट क्या करें तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं जैसे अपने ज्वाइंट पेन है फीवर है तो उसके लिए अपन पैरेस्टामोल टेबलेट दे देते हैं पैरेस्टामोल के अलावा दूसरे जो एनसेट्स हैं वो अपने को नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो सारे ब्लड को थिन करते हैं और डेंगू वाले पेशेंटों की वैसे ही ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है तो उसमें ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा रहता है दूसरा अपन क्या है यदि बुखार तेज है कोल्ड स्पंजिंग भी अपन कर सकते हैं ठंडा कपड़ा अपन उससे मालिश कर सकते हैं और अपने को क्या हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है यदि अपन ओरली ले सकते हैं तो अपने को जूस है छाछ है नारियल पानी है पपीता जूस है ये जो भी चीज़ अपन ले सकते हैं वो खूब पीना है यदि अपन ओरली नहीं ले सकते तो अपन आई ट्रीप चालू कर सकते हैं तो हाइड्रेशन मेंटेन रखना रहता है हाइड्रेशन <coughs> क्यों रखना रहता है क्योंकि डेंगू में धीरे धीरे जाके कैपिलरी लीक सिंड्रोम एक ट्राइम होता है जिसमें क्या है कि जो शरीर की सारी जो मेमरी रहते हैं वो उनमें आर बार की क्षमता बढ़ जाती है तो शरीर का जो पानी है वो बाहर आने लगता है जैसे वो लंग की केवटी में आ गया तो इफ्यूजन पलिफ्यूजन लंग में पानी भर जाएगा हार्ट की केवटी में आ गया तो इफ्यूजन हो जाएगा पेट में आ जाएगा एस आइटिस हो जाएगा तो पानी बाहर निकलना लगता है तो अंदर पूरा डिहाइड्रेशन रहता है और अपनी बॉडी का कंसनट्रेशन हीमो कंसनट्रेशन हो जाता है जिसके कारण अपना हिमेटोक्रेट वगैरह बढ़ जाते हैं तो उसको मेनटेन रखना ज़रूरी होता है अब और इसके अलावा ये इसका सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट है और यदि प्लेटलेट्स का बात है कि अपने कब लगानी और क्यों लगानी है क्यों कम हो जाती है डेंगू में तो प्लेटलेट्स का ऐसा है कि डेंगू वायरस बोन मेरो सप्रेशन करता है तो बोन मेरो सप्रेशन करेगा तो अंदर चीज़ बनेगी नहीं यदि कोई चीज़ बन नहीं रही है उसका और ज़्यादा यूज हो रही है या उसका डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रही है तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी तो डेंगू यही करता है बोन मेरो सपरेशन करेगा दूसरा डेंगू वायरस जो प्लेटलेट से अटैच हो जाता है और दूसरी हेल्थी प्लेटलेट्स को खाता रहता है तो उसको कम करता है या फिर जैसे एक ट्रम होती है डीआईसी बोलते हैं अपन जिसमें क्या शरीर में कोगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है जगह जगह खून के तके जमते हैं तो प्लेटलेट उसमें पूरा कंज्यूम हो जाता है तो इस तरह अपने की प्लेटलेट कम हो जाते हैं अब प्लेटलेट अपने लगाना क्या हर पेशेंट को प्लेटलेट लगाने की जरूरत नहीं रहती है अपन मोनिटर करते रहते हैं यदि पेशेंट को ब्लीडिंग है कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है तो प्लेटलेट लगाना ही लगाना चाहिए प्लेटलेट कितनी पचास हो एक लाख हो तो लगाना ही पड़ेगा अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है और प्लेयर लेट अपनी अपन मॉनिटर कर रहे हैं यदि बीस हजार तक आ जाती है पंद्रह हजार तक आ जाती है तो भी लगाने की जरूरत नहीं है जब तक ब्लीडिंग नहीं हो यदि ब्लीडिंग हो तो लगा नहीं लगा अब अपन बात करते हैं कि डेंगू से अपन बचाव कैसे कर सकते हैं तो डेंगू से बचाव के लिए अपने को पहले मच्छर को उठाना रहता है क्योंकि उसी से फैलता है तो अपने आस ये, ये मच्छर और जो डेंगू मच्छर है उसकी दो तीन स्पेसिफिक चीजें है कि एक दिन के टाइम में काटेगा दूसरा ये सांप पानी में पनपता है तीसरा ये इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी पे है ना ब्लैक और वाइट लाइन ही रहती है तो इसको टाइगर मॉस्की बचान भी सकते हैं हाँ है। तो ये साफ पानी में पनपता है इसलिए अपने आस जो भी जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है फूलदार में है कोई टायर में है कोई गमले में पड़ा है जहां भी पानी कलेक्शन है उसको अपन सफाई करेंगे जैसे कूलर में है या कोई और पानी है जिसको अपन यूज कर रहे तो उनको वीकली अपने को साफ करके रखना वीकली चेंज करना पानी को दूसरा अपना पर्सनल प्रोटेक्शन रखना उसमें क्या करना अपन जब भी घर से बाहर निकले अपने फुल बाजू के शर्ट है फुल बाजू के स्लीव कपड़े पहने और अपना एक मॉस्किटो रेपेलेंट करीम आती है डीट करीम जो बोलते हैं स्प्रे बोलते हैं वो अपन लगा सकते हैं तीसरा अपने घर के जो खिड़की दरवाजे उनमें जो जालियाँ उनको बंद रखें और अपना जैसे सोते टाइम अपन मच्छरदानी यूज कर सकते हैं लेकिन मच्छरदानी का वैसे ज्यादा यूज है नहीं क्योंकि मच्छर यह रात को नहीं कि दिन को काटेगा तो रात को कोई ज्यादा यूज नहीं है लेकिन किसी को डेंगू है उस पेशेंट को अपन मच्छरदानी में रह सकते हैं जिससे कि कोई मच्छर उसको काटे तो वो किसी दूसरे में डेंगू ना फैलाए तो इस तरह अपन अपना बचाव कर सकते हैं या फिर यदि किसी एरिया में डेंगू के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं तो उसमें पूरे एरिया में ही अपन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवा सकते हैं जिससे कि सारे मच्छर मर जाए और अपन रंग से बच सकते हैं अब यह है कि डेंगू का हार्ट पे क्या असर होगा तो डेंगू वायरस से पूरा शरीर में इन्फ्लामेशन रहेगा इनफ्लामेशन होने से हार्ट को भी ये इन्वॉल्व करता है तो हार्ट की जो लेयर रहती थी मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम बोलते हैं तो उन लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसमें जिसके कारण पेशेंट को सीने में दर्द छाते में दर्द फील होगा सांस लेने में दिक्कत रहेगीशन हो जाएगा जिसको पेरी कार्डियल बोलते हैं या हार्ट की जो पम्पिंग कैपेसिटी है वो भी एक बार कम हो जाती है क्योंकि हार्ट पूरा उसमें एडिमा हो जाता है तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है तो उसकी कम पम्पिंग कैपेसिटी कम हो जाती है जिसको अपन कार्डियोमपैथी बोलते हैं या कई बार अपने जो हार्ट की जो गति है वो एकदम कम हो जाएगी हार्ट ब्लॉक जो बोलते हैं अपन वो हो जाएगा तो या फिर एकदम से एरिद हो जाएंगे यानी हार्ट की गति बहुत तेज हो जाएगी तो ये कुछ चीज़ें इसमें हो सकते हैं लेकिन ये लगभग लग सारी टेम्परेरी रहती हैं यदि टेम्परेरी अपन इनको मैनेज करते हैं जैसे जैसे डेंगू का असर खत्म होता जाता है ये चीज़ें अपने आप रिकवर हो जाती हैं इनमें कोई परमानेंट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है तो इस तरह अपन यदि डेंगू के बारे में कुछ बातें जानें और तो अपन अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं तो यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने रिलेटिव के पास भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके धन्यवाद